सिंह राशि के जात को एक अगस्त का राशिफल क्या कहता है तो आज सिंह राशि के जात को आप लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा संभवतः आज, आज आप सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी परिवारजनों के साथ कलह के प्रसंग बन सकते हैं यथासंभव जो है आज, आज आप अपने उच्चाधिकारियों प्रतिस्पर्धियों के साथ बात विवाद में ना उतरे नकारात्मक विचारों से आज आपको दूर रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और किसी दूसरे के झगड़े झंझट में आपको नहीं पड़ना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो रुद्राष्टक का आप लोग पाठ करिए और घर से निकलने से पहले गाय को गुड़ खिला करके जरूर आप लोग निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात